तो हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आयु बच्चे होंगे तो हमारे पास एक कंटेंट और है ये विवो का वाई थर्टी मॉडल है जो कि एक हमारे स्टूडेंट का ही है ये स्टूडेंट कर रहे हैं हम अल्ट्रा अल्ट्राव्यूवर में सपोर्ट करने वाले हैं तो इसकी अनलॉकिंग करेंगे आज कुछ अलग तरीके से अनलॉक टूल के माध्यम से अगर आपका UMT और मिर्कल से फाइल सक्सेस होकर के भी फाइल हो रहा है तो नहीं काम हो रहा है तो इस वीडियो को लास्ट इंड तक जरूर देखेगा हंड्रेड एंड टेन इसमें एक सोल्यूशन डाला हुआ है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लास्ट वेंट तक जरूर देखेगा तब आपको जाके प्रॉपर समझ में आएगा ये विवो का Y30 मॉडल है जिसकी हम करने वाले हैं अनलॉकिंग और ये हम स्टूडेंट का ही है हमारे स्टूडेंट है इसमें और अल्ट्रा अल्ट्रावि में आकर के हम उनको सपोर्ट करेंगे और उसको हम करने वाले हैं फ्रेंड तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि जो हमारा ये वीवो का Y30 फ़ोन है और इसे हम बहुत ईजी तरीके से करने वाले हैं तो अगर आपका UMT और मेरिकल से फ़ेल हो जाए और होने के बाद भी ना हो तो हम इसे अनलॉक टूल से करने वाले हैं जैसा कि मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे कि आप अनलॉक टूल से हम इसकी अनलॉकिंग करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारी आ, मैं वीडियो देख रहा था कि आ, बहुत सारे वीडियो डले भी हैं सक्सेस भी हो जा रहा है पर काम नहीं करता था तो फ्रेंड्स ये हम आज अनलॉक टूल से करने वाले हैं विवो का वाई थर्टी मॉडल को अगर उसमें भी क्या एरर आता है तो ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है फेक वीडियो नहीं डालता हूँ बट आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो देखिये हमारा इंटरफेस खुल चुका है ये अनलॉक टू का है तो हम विवो सेलेक्ट करेंगे विवो सेलेक्ट करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना मॉडल सेलेक्ट करेंगे जो भी हमारा है वाई थर्टी हम इसको वाई Y30 ले लेंगे जिसमें वीडियो टेक्स्यू लगा हुआ है और फ्रेंड्स मैं कभी भी आ, फिर से बोल रहा हूँ तो हमने यहाँ पे Y30 थर्टी सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेट पे आपको क्लिक कर देना है आपको फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है अगर आपको फॉर्मेट में नहीं होता तो आप फैक्ट्री रिस्क भी कर सकते हो वहाँ तो पे हमने फॉर्मेट पर टिक किया और फॉर्मेट टिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो जाएगा फिर फ़ोन को आपको एकदम फ़ोन को बंद करके सीधा फ़ोन को आपको कनेक्ट कर देना है उसके बाद यहाँ पे अभी देखिए फ़ोन हमने कनेक्ट कर रहे हैं फ़ोन कनेक्ट करने के बाद ये हमारे एक स्टूडेंट का है जो कि हम अल्ट्रा ब्यूबर में आकर के अपने स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और ये स्टूडेंट से ही हमने आ, आ, ये तो हमारा स्क्रीन है जो मैं काम कर रहा हूँ उसके बाद हम अल्ट्राव्यूबर में आप स्टूडेंट को तो देखिए हमारे स्टूडेंट ने यहाँ पे कर दिया है और करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आप पोर डिवाइस हमारा वेटिंग फॉर आ रहा है वेटिंग फॉर डिवाइस इसके बाद फ्रेंड्स फोन हमारा कनेक्ट हुआ कनेक्ट होने के बाद देखते हैं क्योंकि तो कोई भी जो भी एरर आएगा मैं यहाँ पे आप हमने लाइव करने वाला हूँ आप मेरिकल और यूएम से आपने ट्राई किया होगा और तो देखिए यहाँ पे एरर आ चुका है तो फ्रेंड्स ये बूटिंग का एर है ये कनेक्टिविटी का एरर है मैं आपको बताना चाहूँगा उसके बाद आपको करना क्या है फ्रेंड्स आपको एम का बाईपास टूल आपको लेना है एम का आप एक बार फिर से ट्राई कर सकते हो कि हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है पर आपको यहाँ पे जो इसका एरर है फ्रेंड्स ये आपका पोर्ट का एरर है क्योंकि मेरा टेकअप पोर्ट स्टेबल नहीं होता है तो उसके लिए आपको इस टूल को यूज करने के लिए अगर आपको कभी दिक्कत आता है इन फ्यूचर या फिर आपको कोई भी यूट्यूब में ऐसा नहीं बताएगा जो मैं आपको यहाँ पे डिटेल दे रहा हूँ तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं फिर से हमारा वेटिंग फॉर डिवाइस आया उसके बाद देखते हैं कि फिर से एरर आता है कि नहीं अगर एरर फिर से आता है तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स जो स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखेगा ये अपडेट के रूप में है और ये हम स्टूडेंट की अल्ट्रा आई आईडी से कनेक्ट होकर के हम सारी चीजें हम खुद यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे हुआ कनेक्ट हुआ हमारा फोन और कनेक्ट होने के बाद देखते हैं कि हमारा फॉर्मेट होता है कि नहीं तो फ्रेंड्स ये सारा प्रोसेस जो है आप देखिए फिर से हमारा एरर आ गया जैसे ही बोटिंग पे गया जैसे ही ब्राउन मोड पे कनेक्ट हुआ फिर से एरर आ गया तो अब आप फ्रेंड्स आपको क्या करना है एम सी टूल आपके पास होगा तो आपको एम टूल को ओपन कर लेना है तो हम वही करने वाले हैं फ्रेंड्स की पोर्ट को मेरा टेक पोर्ट को हम सबसे पहले पहले स्टेबल कर देंगे उसके बाद हम कमांड को देंगे तो फ्रेंड्स अब हम करते क्या है कि मीडिया टेक जो अभी है हमारा उस टूल को हम एम टूल को ओपन करेंगे और एम टूल ओपन करने के बाद ये सारा प्रोसेस हम यहाँ पे करने वाले हैं जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट ने एक से दो बार ट्राई किया तीन बार ट्राई किया और एरर पे एरर ही आ रहा था तो उसमें कोई भी एरर वाली बात नहीं है फ्रेंड इसीलिए हम आपके सामने लाइव ही कर रहे हैं जिससे आपको भी ये चीज इंटरफेस का पता चले और आपको कभी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े तो अब हमारे स्टूडेंट फिर से बट एक बार और बताना चाहूंगा कि जितनी बार आपका फोन कनेक्ट ना हो फ्रेंड उतनी बार आपको फोन को वापस से या तो चालू कर ले या तो उसकी बैटरी को रिमूव कर ले तब लगाएं ये आपको छोटी सी बेसिक जानकारी भी मैं दे दे रहा हूँ कि कभी भी अगर आप यहाँ पे करते हैं और बार बार आप एक ही बार बार फोन को कनेक्ट करते हैं बिना बैटरी को रिमूव किए या रिस्टार्ट किए तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है तो अब यहाँ पे हम एम टूल का यूज करेंगे फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको बता दूँ एम टूल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और उसके ड्राइवर को हम बाईपास कर देंगे उसके जैसा कि आप देख सकते हैं अभी आपके सामने पूरा हम लाइव भी करने वाले हैं। तो देखिए ये एमसी टूल है अब इसको हम बाईपास करेंगे और फिर से फोन को आपको कनेक्ट कर देना है वैल्यूम डाउन दबा के कभी भी ये टूल आप यूज करें तो वैल्यूम डाउन दबा के ही ये कनेक्ट होगा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपको तो यूज करेंगे आप कोई सा भी मेडा टेक आप जिसमें पोर्ट को स्टेबल कर सकते हैं और बाईपास कर सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आ, ओके आपको वैल्यूम अप आप डाउन दबा करके फोन को कनेक्ट करना है क्योंकि फोन हमारे पास नहीं है ये हमारे स्टूडेंट के पास फोन है और ये स्टूडेंट ही सारा कर रहे हैं मैं यहाँ से बस कमांड कर रहा हूँ तो देखिए हमारा ये कनेक्ट हो चुका है अब फिर से हमें अनलॉक टूवल पर जाना है और अनलॉक टूवल पर जाने के बाद फ्रेंड्स अब वही प्रोसेस हमें फिर से करना है तो देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ तो ये कुछ नया है आपके लिए कुछ नए ट्रिक्स हैं कि अगर आपका मेरिकल और यूएम फेल हो जाता है अगर आपका मेरिकल और यूएम किसी भी रीजन से फेल होता है फ्रेंड तो आप बहुत ही इजीली तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं देखिए फिर से हम आ गए हैं वहाँ पे अब यहाँ पे हम फिर से फॉर्मेट करेंगे फॉर्मेट करने के बाद देखिए कनेक्ट हुआ फोन हमारा अभी आ, वेटिंग फॉर यूज़ लिखेगा फिर उसके बाद फोन हमारा कनेक्ट होगा और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कोई रहता है कि नहीं फ्रेंड तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अभी तक कोई एरर नहीं है और अभी हमारा फोन कनेक्ट होगा और बहुत ही ईजी तरीके से हमारा ये काम हो जाएगा देखिए ओके हो चुका है यहाँ पे अभी हमारा ये देखते हैं नेक्स्ट ये देखिए कोई भी एरर नहीं है फ्रेंड तो मतलब हमारा जो पोर्ट था वो स्टेबल हो चुका है ये पोर्ट का ही एर था जैसा की आप देख सकते है यहाँ पे कंटिन्यू हो चुका है विवो का ये वाई फोन है जैसा कि आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं फॉर्मेटिंग का ये वीडियो कि अगर इसमें फॉर्मेटिंग होती है और ऊपर आप देख सकते हैं ब्राउन में आप बहुत से इजिली तरीके से अगर आपका एफ आरपी बाईपास नहीं होता है तो आप उसके ऊपर से आप उसकी एफ आर बाईपास भी कर सकते हो तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा इजली तरीके से फॉर्मेट हो चुका है फोन कंप्लीटली जॉप डाउन हो जाएगा फिर फाइनली आपको हम दिखाएंगे कि हमारा सक्सेस हुआ कि नहीं ये 100 परसेंट सक्सेस है और अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपका फॉर्मेट से ना हो फ्रेंड तो आपको करना क्या है आप फैक्ट्री इरेस भी कर सकते हैं आपको मैं फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा अगर आप देखेंगे फॉर्मेट के ऊपर फैक्ट्री और एफआरपी का एक ब्राउन एफआरपी का एक ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स आप पे देख सकते हो तो आपको अगर हमारा फॉर्मेट पे काम ना करे तो आप वहां पे फैक्ट्री रिस्क करके जरूर एक बार ट्राई करें कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और हम सीधा चलेंगे स्टूडेंट के फोन में और देखेंगे कि हमारा जो काम हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड देखते हैं हमारा अब हम सीधा फोन के ले चलेंगे फोन के पास क्योंकि आप देख सकते हैं फ्रेंड की इसमें बहुत सारे एरर आते हैं मिर्कल में भी मैंने ट्राई करवाया था स्टूडेंट से तो सर बोला कि सर ये हमारा नहीं हुआ फेल हो गया था जैसा कि मैं आपको बता दू फेल नहीं हुआ था 100% सक्सेस हो गया था फिर भी अनलॉकिंग नहीं हुआ था फिर से उसमें लॉक लग गया था तो ये जो अनलॉक टूल है ये भी बहुत अच्छा टूल है आप कैसे परचेस करना है आप हमारे और भी वीडियो में जा करके इसकी फुल डिटेल अनलॉक टूल के बारे में देख जान सकते हैं कि अनलॉक टूल को आप कहाँ से परचेस करेंगे कैसे क्या करना है सारी चीज़ें तो चलिए फ्रेंड्स मैं अपने स्टूडेंट स्टूडेंट ही वो वीडियो बना रहा है तो हम उसमें मोबाइल में चलते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो फ़ोन है वो प्रॉपर तरीके से अनलॉक हुआ कि नहीं तो ये देखिए स्टूडेंट के काउंटर का ये है हमारा तो देखिए बहुत इजीली तरीके से जॉब टर्न हो चुका है अब इसमें देखते हैं कोई एफआरपी भी लगी है कि नहीं लगी है तो आई होप उसके ऊपर ब्राउन का ऑप्शन एफ का भी दिया है फ्रेंड तो बहुत इजीली तरीके से आप कर सकते हैं नहीं तो ये वीवो का वाई आपने वीडियो देखा होगा काफी आपको बहुत सारी दिक्कतें भी आई होंगी या फिर नहीं भी आ रही होंगी अगर आ रही होंगे तो इस वीडियो को आपने लास्ट एंड तक जरूर देखा है तो वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे फ्रेंड जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारा चीज यहाँ पे 100 परसेंट जॉब डन हो चुका है कोई भी फारपी नहीं लगी है कोई भी कुछ नहीं लगा है ये अनलॉक टूल से बहुत ही ईजीली तरीके से हो चुका है तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें थैंक यू सो मच मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड तो आप मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच